स्वास्थ्य मंत्री चौधरी छतरपुर जिला अस्पताल के औचक निरीक्षण पर निकले जिसकी खबर पहले ही अस्पताल प्रबंधन को लग गई और उनके आने से पहले व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई इस दौरान प्रभुर चौधरी मेडिकल कॉलेज निर्माण के मुद्दे पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए स्वास्थ्य मंत्री प्रभुर चौधरी छतरपुर जिला अस्पताल औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे लेकिन उनके आने की खबर अस्पताल प्रबंधन को लगते ही उन्होंने सभी व्यवस्थाएं सुधार ली उनके आने से पूर्व ही अस्पताल में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई मंत्री जी का अस्पताल का औचक निरीक्षण सिर्फ निरीक्षण तक सीमित रह गया उन्होंने जिला अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं का हाल जाना वार्डों का निरीक्षण किया और वार्डों में भर्ती मरीजों से चर्चा कर उनका हाल चल जाना स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए शिवराज सरकार लगातार प्रयास कर रही है स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों के लिए सुलभ बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं वही मेडिकल कॉलेज निर्माण के मुद्दे पर वे कुछ भी बोलने से बचते नजर आए जहाँ दौरे पर जाता हूं चाहे जिला अस्पताल हो चाहे समुदाय का स्वास्थ्य केंद्र हो सिविल अस्पताल हो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो उप स्वास्थ्य केंद्र हो उनमें मैं जाता हूं पेशेंट जहां एडमिट होते हैं उन से हम बातचीत करते हैं जिससे जो सेवाए मध्य प्रदेश को हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में काफ़ी स्वास्थ्य सेवाओं का हम लोगों ने विस्तार किया है प्रत्येक जिले में सी स्कैन मशीनों की स्थापना हम लोगों ने की है डायलिसिस की सुविधा हम लोगों ने की मन कक्ष हम लोगों ने किए गए कीमोथेरेपी की सुविधाएँ हम लोगों ने की, की है जो जाँचें पैथोलॉजी की होती हैं वो सब जाँचें फ्री ऑफ कास्ट हमारे नागरिकों को वहाँ पर मिल सकें अस्पतालों के अंदर अगर